नजर ने नज़र से नज़र ने नज़र से मुलाकात कर ले जवां से भी फिर भी हर बात भी कर ले जवां से भी फिर भी हर बात कर ले आ बताओ मैं कैसे बताऊँ मैं कैसे अजीब दर्द क्या है इस बेकरारी का अपना मजा क्या है इस बेकरारी का अपना मजा क्या है ना पूछो ना पूछो इसमें प्यार कैसे किया जाता है ना पूछो इसमें इंतजार कैसे किया जाता है ओ चोरी चोरी हो चोरी चोरी हो नैनों से छुपके के किया जाता है चोरी चोरी हो इसमें ऐसे ही यार प्यार किया जाता है ओ चोरी चोरी हो नय हाँ, नैनो से छुप के त्यार प्यार किया जाता है चरी चरी हाँ। सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हमारे यूट्यूब चैनल जिंक क्लासेस में मैं हूँ आशीर्वाद सर जो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो दोस्तों लेकर आ रहे हैं सभी स्टूडेंट तैयार हो जाइए आज का रात आठ बजे लाइव के लिए रोजाना हम रात आठ बजे लाइव लेकर आते हैं जिंक क्लासेस पर आप लोग सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब करके बेलाइक दवा दें मैं सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों का तैयारी कराता हूं सभी आ, सभी आगामी एग्जामों का तैयारी कराता हूं इसी चैनल पे जैसे सबसे महत्वपूर्ण बात है यूपीएससी बीपीएससी एनटीपीसी ग्रुप डी रेलवे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो का देखिएगा अंत तक बने रहिएगा सभी विद्यार्थी लाइव क्लास में जल्दी से जुड़ जाए लाइव क्लास में जल्दी से जुड़ जाएं दो आज लाइक पार कर दीजिएगा सभी विद्यार्थी और अपने दोस्तों के पास जल्दी से शेयर कर दीजिए हम जल्दी क्लास शुरू कर रहे हैं आप लोग तो लगातार बने रहिए हमारे चैनल पर गलत कमेंट कोई भी नहीं करिएगा कृपया सही तरीके से आप लोग अपना पढ़ाई कीजिए और बस समय को बिताइए सभी विद्यार्थी लाइक से, आँग से आँग सब्सक्राइब जरूर कर दें यहाँ पे देखिए जिम क्लासेस में पहला वीडियो यहाँ पे शुरू हो रहा है जिम क्लास देखिए यहाँ पर सही विद्यार्थी देखना ना भूले पहला क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं दोस्तों शेर शेरणियों पहला क्वेश्चन यहाँ पे शुरू कर रहे हैं बौद्ध धर्म के संस्थापक हम जो टॉपिक है बौद्ध धर्म के बारे में बता रहे हैं पहले हम कहना भूल रहे थे सॉरी यहाँ पे माफी कीजिए यहाँ पे बौद्ध धर्म के हम बारे में बता रहे हैं देखिये पहला क्वेश्चन बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे पहला का उत्तर हो जाएगी गौतम बुद्ध दोस्तों पहला का उत्तर आप लोग लिख लीजिए अपने नोटबुक में गौतम बुद्ध दोस्तों यहाँ पर दो नंबर प्रश्न देखिए दो नंबर अशोक को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया था अशोक को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया था दोस्तों दो का आंसर हो जाएगी दो का उत्तर जाएगा मुगली पुत्री पुत्र तीस पुत्र ने किया था मोगली पुत्र तीस ने किया था दोस्तों यहाँ पे तीन नंबर प्रश्न तो लिखिए तीन नंबर आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी दोस्तों दोस्तों तीन का तीन का उत्तर देख लीजिए मोखल्ली गोशाल ने की थी मोखल्ली गोशाल ने तीन का उत्तर हो जाएगी दोस्तों यहाँ पे चार नंबर प्रश्न देखिए चार नंबर किसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है किसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है दोस्तों दोस्तों चार का उत्तर अपने नोटबुक छाप लीजिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बीवीआई प्रश्न अपने नोटबुक में लिख लीजिए महात्मा बुद्ध को कहा जाता है आप लोग रोजाना आठ बजे आठ पी में आप लोग लाइव क्लास में रोजाना जुड़ जाइएगा रात को दोस्तों सोने से पहले यह क्लास चलती है आप लोग देख कर सोइएगा दोस्तों पांचवा नंबर पर देखिए पांचवा नंबर कुल कितने बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया है कुल कितने बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया है कोल कितने बौद्ध संगीत का आयोजन किया तीसरा का दोस्तों उत्तर जाएगी तीन बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया है तीन बौद्ध संगीतों का आयोजन किया गया है दोस्तों यहाँ पर छ नंबर पर देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था दोस्तों इसका उत्तर जाएगी पांच सौ तिरसठ ईसापुर में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था कहा हुआ था कपिल वस्तु लुम्नी में हुआ था वह किस देश में पड़ता है तो नेपाल में पड़ता है यह जगह कपिल लुम्नी जो अभी नेपाल में पड़ता है यह जगह वहीं पे महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था नेपाल राज्य में नेपाल देश में जन्म हुआ था बुद्ध भगवान का सॉरी गलती के नेपाल देश में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था दोस्तों सात नंबर पर देखिए गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ था गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ था इसका उत्तर है कपिल लुम्नी नामक स्थान में कपिल लुम्नी नामक स्थान में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था दोस्तों आठ नंबर पास देखिए बहुत ही मज़ेदार और धमाकेदार प्रश्न सुपर फास्ट एक्सप्रेस की तरह हम पढ़ा रहे हैं आप लोग रोज दिन क्लास में आ जाइएगा आठ नंबर पास देखिए गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था सूर्योधन था शुद्धोधन आज से आज से आप लोग ना रोज़ाना छः घंटा पढ़ना शुरू कर दिया ना तो बारह घंटे मजदूरी करने से बच जाइएगा और आप लोग की अच्छी जॉब लग जाएगी दोस्तों नौ नंबर पर देखिए गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस रात्रि से हुई थी गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति किस रात्रि से हुई थी या बी प्रश्न है आप लोग ट्रिपल स्टार करके अपने दिमाग में छाप डालिए दोस्तों नौ का उत्तर जाएगी, बैसाख पूर्णिमा की रात्रि को बैसाख पूर्णिमा की रात्रि सो रात्रि को गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी अगर अगर आप लोग ना अगर आप लोग अपने पिता को देखिए कितने मेहनत करके पैसे लाते हैं उससे आप लोग के मोटिवेशन मिलेगी इसी से आप लोग अपने समझ जाइए कैसे जिंदगी बितानी पड़ती है दोस्तों यहाँ पर दस नंबर प्रश्न देखिए दस नंबर चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ कब किसकी अध्यक्षता में किया गया था चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ कब किसकी अध्यक्षता में किया गया था दोस्तों दस का उत्तर हो जाएगा कि दोस्तों कश्मीर के कुंडवल में प्रथम सत्य ईस्वी में वसुमित के अध्यक्षता में हुआ था शेर शेरणियों दस का आंसर देखिए कश्मीर के कुंडवल में प्रथम सत्य ईस्वी में वसुमित का अध्यक्षता में था शेर शेरणी ग्यारह नंबर पर देखिए धमाकेदार आधार प्रश्न चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी दोस्तों ग्यारह का आंसर हो जाएगी उत्तर हो जाएगी कनिष्क कुषाण वंश के शासन में हुआ था कनिष्क राजा कनिष्क कुसान वंश का शासन काल में हुआ था दोस्तों बारह नंबर प्रश्न कि बारह नंबर चतुर्थ बौद्ध संगीति के आयोजन का उद्देश्य क्या था चतुर्थ बौद्ध संगीति के आयोजन का उद्देश्य क्या था दोस्तों बारह का उत्तर हो जाएगी बौद्ध धर्म का बौद्ध धर्म का दो संप्रदायों में विभक्त होना बौद्ध धर्म के दो संप्रदाय में विभक्त होना चतुर्थ बौद्ध संगीति का कारण था हिन्यान कौन कौन थे दो संप्रदायों पहला था हिन्यान और दूसरा था महायान हिन्यान तथा महायान दो व्यक्ति थे इसी के कारण चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था दोस्तों तेरह नंबर पर देखें तेरह नंबर चतुर्थ बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष कौन थे चतुर्थ बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष कौन थे दोस्तों तेरह का आंसर हो जाएगी अश्वघोष थे कौन थे अश्वघोष थे दोस्तों चौदह नंबर पर चौदह नंबर जिस स्थान पर बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई वह स्थान क्या कहलाया जिस स्थान पर बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई वह स्थान क्या कहलाया? दोस्तों चौदह का आंसर जो कि बौध गया बौधगया का लाया जो बिहार राज्य में स्थित है बौध गया दोस्तों पंद्रह नंबर प्रश्न देखिए पंद्रह नंबर ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को क्या कहा गया ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को क्या कहा गया उत्तर हो जाएगी गौतम बुद्ध कहा गया गौतम बुद्ध के नाम से जाने जाते हैं जाने जाते हैं आप लोग को जरूरत पड़ेगी गौतम बुद्ध का जीवनी पढ़िएगा तो समझ में बहुत सारे बात आएगी दोस्तों सोलह नंबर पर देखिए सोलह नंबर तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ कब तथा किसकी अध्यक्षता में हुई तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ कब तथा किसके अध्यक्षता में हुई थी दोस्तों सोलह का तो उत्तर हो पाटलिपुत्र में दो सौ इक्यावन ईसापुर में मंगोलियापुत्र विशस के अध्यक्षता में हुई थी पाटलिपुत्र में दो सौ इक्यावन ईसापुर में पुत्र विशस सॉरी यहाँ पे गलती पर आ गया तीसस की अध्यक्षता में हुई थी दोस्तों सत्रह नंबर प्रश्न के सत्रह नंबर तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था दोस्तों तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था सत्रह का उत्तर नोटबुक में छाप लीजिए सम्राट अशोक मौर्य वंश के शासनकाल में सम्राट अशोक मौर्य वंश के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था दोस्तों अट्ठारह नंबर पर देखिए अट्ठारह नंबर अट्ठारह नंबर पर देखिए यहाँ पर द्वितीय बॉध संगीति द्वितीय बॉध संगीति कहा कब तथा किसकी अध्यक्षता में हुई थी दोस्तों अठारह का आंसर अपने नोटबुक में छाप लीजिए वैशाली में तीन सौ तेरासी ईसापुर में सर्वा कामने की अध्यक्षता में हुई थी सर्व कामनी की अध्यक्षता हुई थी दोस्तों आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और 200 लाइक कम से कम पहुंचा दीजिए दोस्तों 19 नंबर पास देखिए उन्नीस नंबर द्वितीय बौद्ध संगीति का उद्देश्य क्या था द्वितीय बौद्ध संगीति का उद्देश्य क्या था दोस्तों 19 का उत्तर हो जाएगी आंसर अनुशासन को अनुशा अनुशासन को लेकर मतभेद के समाधान के लिए बौद्ध बौद्ध धर्म की स्थापना अनुशासन को लेकर मतभेद समाधान के लिए बौद्ध धर्म की स्थापना की गई थी द्वितीय बौद्ध संगीति का उद्देश्य क्या था दोस्तों बीस नंबर पर देखिए बीस नंबर शेर शेरणियों लगातार हमारे क्लास में बने रही द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी जो प्रश्न YouTube पे नहीं मिलता है ना वह हमारे जिम क्लासेस में वह प्रश्न और वह टॉपिक बनाई जाती है दोस्तों बीस नंबर प्रश्न किए 20 का उत्तर काला अशोक शिशु नाग वंश के शासनकाल में काला अशोक शिशु नाग वंश के शासनकाल में आप लोग यूट्यूब पर न पैसे देकर क्लास ख़रीदते हो ना आप लोग ऐप के माध्यम से और कहीं और भी जाकर आप लोग क्लास खरीदते हो ना उससे बचिए उससे आप लोग की बर्बादी होगी और हमारे यूट्यूब चैनल से पढ़िए फ्री में रोज़ाना क्लास चलती है दोस्तों 21 नंबर पर देखिए 21 नंबर पांच ब्राह्मणों को बुद्ध ने अपना शिष्य कहाँ बनाया था पांच ब्राह्मणों को बुद्ध ने अपना शिष्य कहाँ बनाया था दोस्तों इक्कीस का उत्तर हो जाएगी उर्वेला में बनाया था उर्वेला में पांच ब्राह्मणों को बुद्ध ने अपना शिष्य बनाया था दोस्तों बाईस नंबर प्रश्न किए बाईस नंबर प्रतम बौद्ध संगीति कहा कब और किसकी अध्यक्षता में हुई थी प्रथम बौद्ध संगीति कहा कब किसकी अध्यक्षता में हुई थी तो दोस्तों बाईस को उत्तर हो जाएगी राजगीर की सप्तनी गुफाओं में चार ईसा पूर्व में महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई थी दोस्तों हुई महा थी? दोस्तों बाईस नंबर फिर से आंसर देखिए राजगीर के सप्त परने गुफा में चार सौ तिरासी ईसापुर में महा महाकस्पस के अध्यक्षता में हुई थी दोस्तों कभी कभी नेटवर्क स्लो चल रही है ना इसी कारण बात हमारी गड़बड़ा थोड़ा गलती सुनाई दे रही है दोस्तों 23 नंबर देखिए 23 नंबर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासन काल में हुआ था प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासन काल में हुआ था दोस्तों तेईस का उत्तर देगी अजात शत्रु हरक वंश के शासन काल में आजाद सत्रु हरियक वंश के शासन काल में हुआ था दोस्तों चौबीस नंबर के चौबीस नंबर पर। प्रथम बौद्ध संगीति का उद्देश्य क्या था दोस्तों प्रथम बौद्ध संगीति का उद्देश्य क्या था जिसका उत्तर जाएगी बूथ के उपदेशकों को दो पुटको विनय पीटक तथा सुतिपटक के संकलित करना देखिए चौबीस का आंसर बुध के, के उपदेशकों को दो पुटको विनय पीटक तथा सु में संकलित करना दोस्तों 25 नंबर प्रश्न तो देखिए पच्चीस नंबर बुध का परिनिर्वाण स्थल कुशीनगर किस महाजनपद के अंदर आता था बूथ के परिपची नंबर तो पर फिर से बुध के परिनिर्वाण स्थल कुशीनगर किस महाजनपद के अंदर आता था मललग दोस्तों 25 का आंसर हो जाएगी मलल गणराज के शासनकाल में मलल गणराज महाजनपद के अंदर आता था दोस्तों 26 नंबर देखिए छब्बीस प्रश्न था 25 नंबर अब 26 नंबर देखिए दोस्तों 26 नंबर बूथ की प्रथम बूथ की प्रथम मूर्ति कहां बनी हुई है दोस्तों 26 का उत्तर तो आ जाएगा मथुरा में लाइक शेयर सब्सक्राइब हमारे चैनल को कर दीजिए बेल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दिएगा नए नए वीडियो पाने के लिए दोस्तों 27 नंबर पर देखिए बूथ के दूसरे गुरु क्या बूथ के दूसरे गुरु का क्या नाम था दोस्तों 27 को उत्तर तो जाएगा रुद्रक क्या था रुद्रक था बूथ के दूसरे गुरु नाम, सेर सेर 27 का नाम शेर शेरणी सत्ताइस का आंसर रुद्रा को जाएगी शेर शेरणियों अट्ठाईस नंबर पास देखिए अट्ठाईस नंबर बूथ के पांच शिष्यों का नाम क्या आते हैं बूथ के पांच शिष्यों का नाम क्या आते हैं शेर शरणियों अट्ठाइस का उत्तर देखिए अट्ठाईस का आंसर देखिए कोंडिया कौंडिना वापा भादिया असागी और महानामा पांच शिष्यों के नाम है ये शेर से शेर नहीं शेरणियों पांच शिष्यों के नाम है यह सबसे बी प्रश्न है जो घेर दे रहे हैं आप लोग इसको कहीं आप लोग अपने कॉपी पर लिख लीजिएगा पांच शिष्यों के नाम यह हर या सभी एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है शेरचियो उनतीस देखिए बूथ के प्रथम उपदेश दोनों की घटना को क्या कहा गया बूथ के प्रथम उपदेश देने की घटना को क्या क्या कहा गया दोस्तों उन्तीस का उत्तर जाएगी धर्म चक्र परिवर्तन ने इसका उत्तर जाएगा धर्मचक्र परिवर्तन आप देखिए दोस्तों तीस नंबर प्रश्न बूथ के प्रथम दो अनु कौन थे देखिए के प्रथम दो अनु कौन थे सेर सेर तीस का उत्तर हो जाएगी कार्लिक तथा तपासु थे दो शिष्यों प्रथम दो शिष्य थे कार्लिक तथा तपासु दोस्तों इकतीस नंबर प्रश्न देखिए इकतीस नंबर बुद्ध के बेटे का नाम क्या था बुद्ध के बेटे का नाम क्या था दोस्तों इकतीस तो का आंसर हो जाएगा राहुल था बुद्ध भगवान के बेटे का नाम क्या था राहुल दोस्तों बत्तीस नंबर प्रश्न देखिए जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था दोस्तों बत्तीस का उत्तर हो जाएगी सारनाथ में दिया था दोस्तों सारनाथ में दोस्तों तैतीस नंबर प्रश्न के तैतीस नंबर बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में त्याग किया था बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में गिरी त्याग किया था दोस्तों तैतीस का तैतीस का आंसर हो जाएगी उनतीस वर्ष की आयु में बुद्ध ने अपना गिह त्याग किया था बुद्ध भगवान ने शादी के बाद अपना घर छोड़कर भागा था दोस्तों चौतीस प्रश्न के चौतीस नंबर बुद्ध काल में पत्थर का, का काम करने वाले क्या कहलाते थे बुद्ध काल में पत्थर का, का काम करने वाले क्या कहलाते थे दोस्तों चौतीस के आंसर हो जाए कुहक जो पत्थर का कार्य करता था जो मूर्ति बनाता था उसे हम लोग कोहक कहते थे कोहक दोस्तों पैंतीस देखिए बुद्ध काल में वाराणसी क्यों प्रसिद्ध था बुद्ध काल में वाराणसी क्यों प्रसिद्ध था दोस्तों पैंतीस का आंसर देखिए हाथी दाँत के लिए वाराणसी प्रसिद्ध था दोस्तों छत्तीस नंबर पर देखिए छत्तीस नंबर बौद्ध धर्म के सॉरी यहाँ पर नेटवर्क शुरू चल रही है कुछ गलती हो गई है फिर से देखिए बौद्ध धर्म के तिरस्तन कौन थे बौद्ध धर्म के तिरस्तन कौन थे दोस्तों छत्तीस का आंसर जाएगी बुद्ध धर्म पहला बुद्ध दूसरा धर्म और तीसरा संघ बुद्ध धर्म और संघ थे बुद्ध धर्म और संघ थे दोस्तों सैंतीस नंबर पर देखिए सैंतीस नंबर बौद्ध धर्म को अपनाने वाले प्रथम महिला कौन थी बौद्ध धर्म को अपनाने वाले प्रथम महिला कौन थी दोस्तों सैंतीस का उत्तर हो जाएगी बुद्ध की मां प्रजापति गौतमी बुद्ध की मां प्रजापति गौतमी थी दोस्तों अड़तीस नवा प्रश्न देखिए अड़तीस नंबर बौद्ध साहित्य में प्रयुक्त संस्थागार शब्द का तात्पर्य क्या था देखिए अड़तीस नश्न बौद्ध साहित्य में प्रयुक्त संस्थागार शब्द का तात्पर्य क्या था दोस्तों अड़तीस का आंसर होगी राज संचालन के लिए गठित परिषद राज संचालन के लिए गठित परिषद शेर शरणियों उनचालीस देखिए शेर शरणी भारत से बाहर बौद्ध धर्म को फैलाने वाले सम्राट कौन थे भारत से बाहर बौद्ध धर्म फैलाने वाले सम्राट कौन थे शेर शरणियों उनचालीस का उत्तर देगी सम्राट अशोक कौन थे सम्राट अशोक थे शैर शरणीय चालीस नंबर पर देखिए चालीस नंबर महात्मा बुद्ध की जन्म स्थल लुम्बिनी महाजनपद के अंतर्गत आती है दोस्तों चालीस नंबर प्रश्न देखिए बीबीआई प्रश्न है महात्मा बुद्ध की जन्म स्थल लुम्बनी वन किस महाजनपद के अंतर्गत आती थी दोस्तों चालीस को तो देगी कोसल महाजनपद के अंतर्गत आते थे कोसल महाजनपद के अंतर्गत आते थे दोस्तों इकतालीस नंबर पास देखे इकतालीस नंबर महात्मा बुद्ध की माता का नाम क्या था महात्मा बुद्ध की माता का नाम क्या था दोस्तों इकतालीस का आंसर हो जाएगी माया देवी था माया देवी शेर शेरियों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेलाइकन दबा दीजिए बयालीस नंबर प्रश्न देखिए दस महात्मा बुद्ध की सौतेली माता का नाम क्या था बयालीस को तेजी प्रजापति गौतमी जी प्रजापति गौतमी जी महात्मा बुद्ध की सौतेली माता का नाम था आप लोग हमें चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए से तैतालीस नंबर देखिए तैतालीस महात्मा बुद्ध के गिरी त्याग की घटना क्या है महात्मा बुद्ध के गिरी त्याग की घटना क्या कहालाती है तैतालीस का आंसर हो जाएगी महा महाभिनिश करम थी महाभिनिश करमथी चौवालिस नंबर देखिये महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था उत्तर देगी सिद्धार्थ था सिद्धार्थ शेरषणीय पैंतालीस नंबर देखिये पैंतालीस नंबर महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया अंतिम उपदेश क्या था महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया अंतिम उपदेश क्या था शेरषण पैंतालीस का उत्तर देगी सभी वस्तुओं क्षरण सभी वस्तुएं अक्षरणशील होती है अतः मनुष्य को अपना पथ प्रदर्शक स्वयं होना चाहिए शेर श्रेणी छियालीस के छियालीस महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु किसे बनाया था महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु किसे बनाया था शेरसरणियों ४६ का उत्तर हो जाएगी गुरु अरा शेरशियों गु, छियालीस का आंसर हो जाएगी गुरु, अलार कलाम, को, गुरु अलार कलाम को बनाया था अलारे सैतालीस नंबर आप प्रश्न किए सैतालीस नंबर महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिया दिए थे महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे शेरचरणियों सैतालीस का आंसर हो जाएगी पाली भाषा में दिए थे पाली भाषा में शेरचरणियों अड़तालीस नंबर पास देखिए अड़तालीस नंबर महात्मा बुद्ध ने किसकी प्रमाणिकता को नकार दिया था महात्मा बुद्ध ने किसकी प्रमाणिकता को नकार दिया था अड़तालीस की उत्तर हो जाएगी वेदों को वेदों को नकार दिया था महात्मा बुद्ध ने उनचास नंबर पर देखें उनचास नंबर महात्मा बुद्ध ने त्रिष्णा की घटनाओं को क्या कहा गया कहा था महात्मा बुद्ध ने त्रिस्ना की घटनाओं को क्या कहा था उनचास का आंसर हो जाएगी निर्वाण क्या कहा था निर्वाण शैर सुन पचास नंबर पर देखिए पचास नंबर वैशाख पूर्णिमा किस नाम से विख्यात है वैसाख पूर्णिमा किस नाम से विख्यात है शैरस ने पचास को तरह देखे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से विख्यात है कब शुरू किया गया था भगवान बुद्ध के जन्म के बाद बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है शेर ने इक्यावन नंबर पर देखी कावन नंबर सबसे अधिक संख्या में बुद्ध की मूर्तियाँ का निर्माण किस शैली में किया गया था इक्यावन का आंसर हो जाएगी गंगाधार शैली में किया था इक्यावन का आंसर हो जाएगी गंगाधार शैली में शेर ने बावन नंबर पर देखिए बावन नंबर सिद्धार्थ का गोत्र क्या था सिद्धार्थ का गोत्र क्या था शेर शरणियों बावन का उत्तर देखिए गौतम था क्या था गौत्र गौतम था इस वीडियो का सबसे अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का लास्ट प्रश्न बताने जा रहे हैं गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे दोस्तों तिरपन का आंसर हो जाएगा अलार कलाम थे अलार कलाम थे गौतम के गुरु आप लोग हमारा क्लास में आने के लिए शुक्रिया रोजाना रात आठ बजे लाइव में बने रहें और अत्यधिक विद्यार्थी को यह वीडियो शेयर कर दीजिए उनको लाभ मिल जाएगी अगर आपको मेहनत करना है ना सभी प्रतियोगिता परिताओं को जी की सही विषय की तैयारी करा करना है तो हमें चैनल से जुड़ जाइए और आइकन दबा दीजिएगा नए नए वीडियो पाने के लिए थैंक यू जय हिंद बेस्ट ऑफ बेस्ट ऑफ लक योर एग्ज़ाम हमारी कृपया से आपकी एग्ज़ाम हंड्रेड निकल जाएगी थैंक यू जय हिंद बंदे मातम दोस्तों जय हिंद दोस्तों